क्या गया यार? क्या moves है तुम्हारे? तुम तो कर देती हो मैंने एक एक रात रात में ज़्यादा कभी नहीं वैसे ना मुझे तुम्हें एक बहुत, क्या? I love you था। भी बहुत बहुत बहुत बात बात। बोलनी था। वो नहीं। को गया था। उससे भी वो कल को मूवरे समझ गई <laughs> यही नहीं अभी और सुनिए